हेलो माय सेल्फ वेलकम टू मैथ्स बाय कैंपस। आज इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन में चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में अभी चल रहे हैं जो डाउट्स हैं लाइक एग्जामिनेशन कब होगा टर्म वन का एग्जामिनेशन uh, का पैटर्न क्या होगा टर्म टू के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे marks, क्या होगा? और एनसी क्यू टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें एक्चुअली सडन से जो चेंजेस आए हैं तो बच्चे कंफ्यूज है कि कहाँ से हम एन टाइप की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कैसे करेंगे एंड लास्ट वन इज दैट की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवॉर्ड थ्री स्टेप स्ट्रेटी जिससे कि आप टर्म okay, तो के एग्जामिनेशन में ज़्यादा लेकर के दिसंबर uh, के बीच में ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे टर्म टू का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च uh, और अप्रैल के बीच में होंगे ठीक है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा टर्म वन का जो एग्जामिनेशन होगा स्टूडेंट वो एनसीक्यू बेस्ड होंगे मल्टीपल आंसर उस, टाइप के ऑप्शन होंगे मीन्स की, दे दे की, okay? की जो आपके सिलेबस है उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा की आप पहले से एग्जामिनेशन देते आ रहे हो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके टर्म टू में पूछे जाएंगे जो की मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं बात करते हैं टर्म वन और टर्म टू कितने कितने मार्क्स के होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टर्म वन के एग्जामिनेशन हो वो फोर्टी मार्क्स के होने वाले हैं टेन मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा टोटल कह सकते हैं कि फिफ्टी मार्क्स के टर्म वन के एग्जामिनेशन में होंगे और टर्म टू में भी 40 और 10 का चलेगा मीन्स इंटरनल इंटरनलेंट से होंगे और 40 मार्क्स जो होगा वो आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स जुटेंगे कि टर्म टू में टोटल 50 दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होंगे ये सेम चीज है नाइन्थ वालों के लिए भी और टेंथ वालों के लिए बस टेंथ वालों में क्या है की उनमें जो एग्जामिनेशन जो पीरियडिक टेस्ट है उनके मार्क्स को जो ये इंटरनल असिमेंट है उसमें एड कर दिया गया है बात बात करें अगर हम दो तीन दो चैप्ट को मिला ले जो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स वगैरह है वो एल्जेब्रा के पोर्सन में आ जाएंगे में जोमेट्री मैं और स्टेटिक एंड प्रोबेबिलिटी टोटल फोर्टी मार्क्स की जैसा की मैंने बताया आपको और इनके जो मार्क्स डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके से ये बता दूं कि ये जो आपको नोटिस दिख रहा है ये बेसिकली सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल है ये बेसिकली वहीं से लिया गया है मींस कि आप इस कैरिकुलम को फॉलो करेंगे इन सारे चैप्टर्स पे ही फोकस करेंगे टर्म ऑन एग्जामिनेशन में और इनके जितने भी इनपे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आप एम टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और इसमें से जैसा कि आप देख रहे हैं कि जियोमेट्री जो है वो ज्यादा मार्क्स का है 13 मार्क्स का उसके बाद उसके बाद बाद है है नंबर सिस्टम एंड एंड और प्रोबेबिलिटी तो आप ज्योमेट्री वगैरह को पढ़ के जाएंगे ठीक है क्लास टेंथ के अगर सिलेबस की बात करें तो क्लास टेंथ के सिलेबस में नंबर सिस्टम है एलजेबरा है जिवेट्री, जिवेट्री, जिवेट्री, और स्टेटिक प्रोबी स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एल्जेबरा का पोर्शन है वो ज्यादा मार्क्स का है एंड उसके बाद क्यों नेट ज्योमेट्री और जियोमेट्री दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है एल्जेबरा में दो तीन चैप्टर आ जाएंगे जैसे कि आपने देखा होगा लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, उसके बाद फिर क्वालिटिक इक्वेशन वगैरह हैं तो ये एल्जेरा का पोर्शन है ज्योमेट्री में जो आपके फिगर्स वगैरह पे भी क्वेश्चन है वॉल्यूम वगैरह का क्वेश्चन जो है वो आपको ज्योम्री में आ जाएंगे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई एक्सिस से रिलेटेड जो हमारे कॉर्डनेट फर्स्ट क्वारेंट सेकंड क्वारेंट ये सारे चीजों का कॉन्सेप्ट है वो पूछे जाएंगे फिगोमेट्री में तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा राइट एंगल ट्रेंगलम वगैरह का जो बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे प्रूफ करने वाले बेस्ट टाइप के क्वेश्चन हालांकि जो ये में जो है टर्म वन में आपको देखने को मिलेंगे आपको आपको उस टाइप के प्रैक्टिस करके जाने जिसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हो ठीक है क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाला जैसे आपको आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अब बात करते हैं हम थ्री स्टेप इस जिसको आप फॉलो जो जो और एनसीआर के सारे क्वेश्चन को बना जाए And, uh, मतलब पहले की आपका गोल होना चाहिए कि syllabus, टर्मोन, टर्मोन में भी चैप्टर्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़े उसके शॉर्टनोट्स बनाए उसको प्रॉपर रिविजन करें स्टेप टू में आप क्या करें कि जितने भी उन सारे चैप्टर्स को जिसको आपने कंप्लीट किया उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है मीन वोट कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू टाइप के उतने ही आपको MCQ के टाइप जो, जो, आप जो क्वेश्चन में करी है क्या आप उसे आ, सही तरीके से बना पा रहे हैं कि नहीं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम वो कर ले और उसमें कुछ क्वेश्चन को ले लें और उसे टेस्ट मॉप टेस्ट कह सकते हो अब मॉप टेस्ट आप ना कई uh, क्वेश्चंस को मिला करके लाइक इधर उधर से क्वेश्चन निकाल करके आप उसे लिख लो एक जगह पेपर पे खुद से कर सकते हो या फिर जैसे मेरे जो कोचिंग सेंटर है at, uh, जो कैंपस कोचिंग सेंटर है हमारा दिल्ली में वहां पे हम लोग uh, हर संडे को मॉक uh, टेस्ट uh, uh, भी लेते हैं ताकि उनका प्रैक्टिस हो सके एग्जामिनेशन के पैटर्न पे ओके okay? और लास्ट वन जो हमारा है अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको सोल्व कर सकते हैं इनकेस आप उसे सोल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है देन यू कैन कॉमेंट ऑन कॉमेंट बॉक्स और उन क्वेश्चंस को हम डाउट उनफाई करने के लिए अलग से कोई वीडियो वगैरह बना करके पोस्ट कर कर सकते हैं यू कैन एनी ऑफ़ डाउट ऑन माय पर्सनल इज़ जो जो मैं मेंशन दे रहा हूँ यहाँ डाउट्स होंगे तो आपको इंस्टेंटली क्लियर कर दिए जाएंगे ऑन यूजिंग व्हाट्सएप और जूम एप ओके तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड जितने भी बच्चे हैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर टर्मियोन टर्मोन एग्जामिनेशन आप बहुत मेहनत करें और एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो